मध्य प्रदेश में गरबा आयोजन को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है नरोत्तम मिश्रा ने कहा गरबा आयोजक आने वाले सभी लोगों की आईडेंटिटी चेक करें यह शक्ति की आराधना का पर्व है ये मां की पूजा का दिन है आई कार्ड देखना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है गृहमंत्री ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी आर पर दिए बयान पर आड़े हाथों लिया मिश्रा ने जांच के बाद पीएफआई पर कार्रवाई की बात भी कही है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गरबा आयोजन को लेकर कहा कि पूजा के लिए सभी आ सकते हैं मां की आराधना कर सकते हैं लेकिन आई कार्ड देखना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो उन्होंने कहा आयोजक आने वाले सभी लोगों की आईडेंटिटी चेक करें हमारे तो संस्कृति मंत्री जी है वो इस बारे में स्पष्ट कह चुकी है तो जो भी व्यक्ति आएगा तो नरवा के आयोजकों को यह देखना होगा तो आई कार्ड उनका देखें पहचान सबकी हो इससे कोई अपनी स्थिति का निर्माण ना हो उसके पीछे भाव सिर्फ इतना है बाकी पूजा के लिए कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस डूबता जहाज है कोई अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता किसी को जबरदस्ती अध्यक्ष बना दे तो अलग बात है जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है कोई ना कोई कांग्रेस छोड़ रहा है उन्होंने पी पर कार्रवाई को लेकर कहा कि इस मसले पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है सभी से पूछताछ की जा रही है उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है उनके संपर्क में और कौन लोग थे ये जांच की जा रही है जांच के बिंदु निर्णय पर आने के बाद आगामी कार्रवाई होगी है कांग्रेस को पिछले साल में नहीं जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा शुरू आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो रही है लगातार लोग छोड़ते चले जा रहे हैं आप यात्रा के पहले दिन देखिए गुलाम नबी आज़ाद जी छोड़ गए थे उसके पहले कपिल से बच गए थे उसके बाद गुजरा गोवा साफ हो गया पूरा पूरा अब राजस्थान सफाई के कगार पर आ गया तो पूरी तरह से कांग्रेस अब दूरता जहाज है चार लोग गिरफ्तार उसमें हुए थे तीन इंदौर के और एक उज्जैन के चारों से पूछताछ जारी है कॉल डिटेल भी उनके निकलवाए जा रहे हैं उनके संपर्क में और कौन कौन थे नौतम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है दिग्विजय सिंह के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है दिग्विजय सिंह की सोच जाकिर नाइक तक ही सीमित है आरएसएस को दिग्विजय सिंह जी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। और दिग्विजय सिंह जी वो सिंह है जो को कहते हैं, जिनकी सोच सीमित उनसे और क्या उम्मीद किया ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन